hay yehi daman meri bas tere liye dilo manoo mera ho jo bhi baad bajde be sindhar tera hospital wadar kas ke elbasi yaar yeh pyar kya nasha kabhi yaar kabhi bar mera last more subscribe